मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज से आग्रह किया कि विंध्य का किसान किसान खाद खाद को लेकर परेशान है और खाद की कमी के चलते किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे विधायक त्रिपाठी का यह आग्रह उन्हीं के मुखिया सीएम शिवराज के खोखले दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है एक और मुख्यमंत्री शिवराज कह रहे हैं की प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद है खाद की कहीं कोई कमी नहीं है वही दूसरी ओर उन्ही की पार्टी के विधायक का खाद की कमी को लेकर आग्रह करना मुख्यमंत्री के घोषणावीर होने का प्रमाण देता है मेहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी का कहना है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही जिसके चलते किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा यूरिया खाद तो हद तक मिल रही है लेकिन डीएपी नहीं मिल पा रही जबकि किसान डीए खाद की ही मांग कर रहा है त्रिपाठी ने कहा की अधिकारी कर्मचारी आपको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं विधायक का ये बयान दर्शाता है कि मुखिया को सच में खाद की कमी की कोई जानकारी नहीं है या फिर आपके ही अधिकारी कर्मचारी आपको गुमराह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मैं प्रार्थना और अपील करता हूं कि हमारे बिंद का किसान बहुत पीड़ित और परेशानी महसूस कर रहा है खेती नहीं कर पा रहा खाद नहीं मिल पा रहे यूरिया की उपलब्धता कुछ हद तक है पर डी की जिस खाद की जरूरत है वो खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा अधिकारी आपके पास गलत रिपोर्ट कर रहे हैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा है किसान परेशान है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना और अपील करता हूं निवेदन करता हूं कि किसानों के हित में हमेशा आप रहे किसानों के प्रति संवेदनशील रहे यही किसान अन्नदाता है किसानों के हित में डीएपी खाद की तत्काल व्यवस्था करें हमारे भिन्न क्षेत्र में जिससे किसान अपनी खेती कर सके वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें